देश में आज से 5G मोबाइल सर्विस शुरू हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और पहले चरण में तेरह शहरों में 5G सेवा शुरू की जल्द ही इसका विस्तार देश भर में किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और पहले चरण में तेरह शहरों में फाइव सेवा शुरू की ये तेरह शहर है अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ गांधीनगर गुरुग्राम हैदराबाद जामनगर कोलकाता चेन्नई लखनऊ पूरे दिल्ली और मुंबई इस मौके पर रिलायंस एयरटेल समेत टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज मौजूद रहे इसके साथ ही भारत उन सत्तर देशों में शामिल हो गया है जहां 5G मोबाइल सर्विस है इसका सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट स्पीड को लेकर होगा ना केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि कवरेज बैंडविथ के साथ ही डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़ जाएगी एजुकेशन से लेकर हेल्थ बिजनेस कृषि समेत तमाम सेक्टर में इसका फायदा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया उन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 5G उपकरणों को देखा और जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव किया उन्होंने युवा जियो इंजीनियरों की एक टीम द्वारा एंड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूर मंत्री अश्विनी वैष्णव दूर राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अम्बानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अम्बानी भी मौजूद रहे भारत में अब तक 4G इंटरनेट सेवाएं थी 5G लॉन्चिंग के साथ ही भारत कोरिया जापान यूके अमेरिका जैसे देशों में शामिल हो गया भारत ने पाँच साल पहले इस दिशा में कदम रखा था रिलायंस जियो ने इस साल की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 88,000 करोड़ रुपए की सबसे अधिक की बोली लगाई है कंपनी ने अगस्त में कहा था कि वह दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में दिवाली तक अपने फाइव नेटवर्क पर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू कर देगा 5G सेवा चालू होने से न केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी बल्कि इसके कई अन्य बड़े फायदे भी होंगे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे 5G पर इंटरनेट की गति 4G के 100 एमबीपीएस की तुलना में 10 जी होगी देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान एल क्लास उसके कुछ मुट्ठी पर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं वे मजाक उड़ाते थे उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते संदेह करते थे उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर उसके विवेक पर उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा